महर में वन विभाग की जमीन पर आदिवासियों के पुश्तैनी निवासियों के झोपड़ियों को हटाने का नोटिस दिया गया था जिसके बाद आदिवासियों ने इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग की है कि तहसीलदार से वन अधिकारी के तहत पट्टे दिलाए जाएं। ग्रामीणों की मांग पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है मेहर के बदेरा में वन विभाग की जमीन पर आदिवासियों की झोपड़ियां बनी हुई हैं जिन्हें वन विभाग ने हटाने का नोटिस दिया है इसके बाद से आदिवासी समाज के इन लोगों ने इसका विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है की सभी निवासियों को वन अधिकार के तहत पट्टे दिलाए जाए ज्ञापन सौंपने वाले ग्रामीणों ने बताया की हमारे पूर्वज इसी वन विभाग की जमीन में रहते थे और यही हमारी कुलदेवी खेर माता मौजूद है आज हम लोग भी अपने पूर्वजों के स्थान पर ही रह रहे हैं अगर इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई या हमारी को हटा दिया जाएगा, तो हम करेंगे। इनका कहना है की तीसरी पीढ़ी के है ऐसा बताया इन्हें लेकिन इनको वन विभाग द्वारा हटने का हटाने का नोटिस दिया गया है और जबकि इनकी मांग है की इन्हें वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टा प्रदाय किया जाए तो इनके जो ज्ञापन का है इसका परीक्षण करके हम जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे दस बीस फीस हो गई हम तो कहते हैं कि तुम हटा लो और नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे तुम्हारी ऊपर जेल उठवा देंगे तोड़ फोड़ डालेंगे और शासन यही रहे हैं की अब देखते हैं जैसे जहाँ होगा अगर साहब लोग अगर मीटिंग करेंगे जैसा करेंगे तैसा होगा ये तीनों वहाँ पे वन विभाग की जमीन पे मड़ैया बना करके पुरुषों वर्षो पहले रहते थे अब उन्नीस के आसपास जो है एक वहाँ पे नाला है जिंदा नाला जो बारह महीने चलता है इनका पूरा परिवार इंक्यावन लोग हैं ये इंक्यावन परिवार हैं और वो सब प्रताड़ित हैं, उनके चाहिए भूमिहीन भी है इनको चाहिए की उन्हें जो है वन अधिकार पट्टा दिया जाए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें